स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है ब्लॉग ट्राई हम ट्राई कर रहे हैं सभी। देखते हैं तब आगे कोशिश करते हैं क्या बोलना काट लेती और जो हमारे कैमरा मैन है उनको भी एक्सपीरियंस गाइस थोड़ा कम है और मुझे भी पहला एक्सपीरियंस चल रहा है मेरा मुझे खुद पता है नहीं है मुझे क्या बोलना है बस बोले जा रहा हूँ चलिए चलते हैं ब्लॉग्स की और ब्लॉग्स बनाएंगे देखते हैं कौन मिलता है जो भी मिलेगा उनसे बातचीत करेंगे छोटे बड़े जो भी हैं वैसे देख ज़्यादा हम मुझे बताए कि छोटे बच्चे ही मिलेंगे तो देख लेते हैं आज छोटे बच्चों को हम जा रहे हैं गांव की तरफ बच्चों से मिलने देखते हैं बच्चों में क्या क्या टैलेंट बढ़ा हमारे अंदर तो इतना टैलेंट है कि अभी तक वो बाहर ही नहीं आता यही टैलेंट है हमारे अंदर कि हमारा टैलेंट बाहर नहीं आता इसलिए अब हम चलते हैं तो गाँव की तरफ ठंड बहुत हो चुकी है गाइस तो सुबह में आपको दिखाई दे रहा था हाँ उसमें अब मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ जैकेट में एक बार पैक होगा तो अब हम शाम के टाइम सभी स्कूल इस्कूल से जा आ जाते हैं बच्चे तो हम उनसे मिलते हैं देखते हैं क्या होता है चलो गांव की तरफ गांव की तरफ।, तरफ चलते हैं और यहां पे बहुत सारे बच्चों की आवाज़ सुनाई दे रही है देखते हैं कितने सारे बच्चे और एक बच्चा तो अभी रात को ये देखिए और और यहाँ पे बच्चे बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे अब बहुत सारे बच्चे एक साथ इकट्ठे हो गए हैं पता नहीं इनके दिमाग में क्या सोचा जाए आज इनसे कुछ क्वेश्चन वेस्ट पूछते है हैं देखते हैं एक साथ इकट्ठे हो रखे है सारे हिंदी हिंदी आती है और ये बहुत ही अच्छा चेहरा दिखाई दे रहा है पे आपका नाम क्या है कटप्पा कटप्पा कटप्पा नाम क्या क्या है जोर से बोलो <laughs> वाह ये इधर इधर कैमरे की तरफ कटप्पा इधर इधर है इधर कटप्पा जी <laughs> और गाइस देख सकते कटप्पा कटप्पा को बलाल ने कटप्पा को मारा देव, देव ने कटप्पा को मारा। कटप्पा का घोड़ा कटप्पा का घोड़ा। घोड़ा कटप्पा आ चुका है। अरे भी जी अपने खड़ा हो गई कोई बात नहीं कोई बात नहीं कटप्पा जी कोई बात नहीं आ जाएंगे आपके बाहुबली जी और हमारे पास जादू भी है। जादू ये देखिए आपका दोस्त तो जादू बहुत तो तो... ही ठंड हो चुकी है शाम के कितने बज रखे हैं कितने पाँच बज के नौ मिनट हो चुके हैं और बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा ठंड हो रखी है और ये मेरे दोस्त और ये मेरे सारे दोस्त लकड़ी लेके आ रहे हैं एक साथ एक साथ सभी लकड़ी और अभी हम जलाएंगे इन लकड़ियों को खतना बच्चे हैं इन्होंने पता नहीं कहां कहां से ये घास लकड़ी इकट्ठा कर रहे हैं और बहुत सारी आग जला दी इन्होंने इतनी तो हमने भी नहीं जला रखी जितनी इन्होंने जला दी है और हम हम आपको अपने मेन करेक्टर कट, कट कटपा से मिलाते हैं कटप्पा जो कि अभी रो रहे थे बटा वो स्थान थे आग आग ताप रहे एकदम गर्म हो रहे और वहाँ जो कि अभी, अभी अभी आई है सो के हे, हेलो हेलो फ्रेंड क्या कर रहे हो आप क्या कर रहे हो अरे ये घास कहा से लाया आप उधर से कहा, पीछे पीछे? पीछे उधर से किसकी घास थी ये हमारी क्या आराम आराम से बोलो क्या कहा से चुराई ठीक है हाय हाय कर कर। था। था। था। था। था। क्या क्या क्या क्या क्या क्या रही रही है तू दे दे भी बोल और ये पीते हमारे साथ गप्पू गप्पू भी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ कटप्पा जी कटप्पा जी पहले रो रहे थे पर अब ये अब मेरे साथ पूरी टीम जुट चुकी है और हमारे सबसे खतरनाक खिलाड़ी तनु हाई, तनु हाई तनु हाई बोल हाय हाय हाय करो हाय <tip> <आए प्रेंग। tip> बोलो जोर से बोलो बोल हमारे चैनल को हमारे चैनल को सब बोलो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें शेयर शेयर और सब्सक्राइब करें करेंटाली